अपने आप को एक नए अंदाज में निर्मित करो अपने आप को एक नए अंदाज में निर्मित करो कैसे करोगे स्वयं निर्माण महंगा और अकेला होने का बलिदान मांगता है इस दुनिया में जितने लोग कामयाब हैं उन्होंने अकेले रह के अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया है अकेले रह के अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया है इस दुनिया में जितने लोग महान बने उन्होंने अपने ऊपर टाइम स्पेंड किया है अपने ऊपर एक्सपेंसिव खर्चा किया है अपनी जिंदगी को डेवलप करने के लिए अपना खुद का निर्माण करने के लिए अकेला रहना पड़ सकता है और थोड़ा महंगा पड़ सकता है लेकिन बलिदान मांगता है आप खुद का निर्माण करना चाहते हैं yes. अरेन्जमेंट करना चाहते हैं अपने आप को मैंने आपको चार बजे बोला था आप यहाँ से जब रात को जाएंगे तो आप वो नहीं रहेंगे जो पहले थे इस बात का मतलब ये है जिसने आज सीखी हुई बातों को अपने ऊपर आत्मसात कर लिया रहे वो री होगा कि नहीं होगा